मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में पद वृद्धि को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा है कमलनाथ ने पत्र में इक्यावन हजार पदों की वृद्धि के साथ बेरोजगार युवाओं को राहत देने की बात कही है वहीं इसको लेकर युवा कांग्रेस नेता नितेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि युवाओं ने ट्विटर से लेकर सड़क तक संघर्ष किया है उन्होंने कहा युवा ज्वाइनिंग तक संघर्ष करते रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बेरोजगार युवाओं के लिए सीएम शिवराज को पत्र लिखकर मांग की है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बेरोजगार युवा परेशान हैं एक लाख पद खाली पड़े हैं लेकिन भर्तियां कम की जा रही हैं उन्होंने पत्र में लिखा है कि युवाओं की मांग पर ध्यान देते हुए इंक्यावन हजार पद बढ़ाए जाए इसको लेकर युवा कांग्रेस नेता नितेंद्र सिंह राठौर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है जिसमें इन क्या माना जाए भर्तियों की मांग की है उन्होंने कहा शिवराज की कई घोषणाएं अधूरी पड़ी हैं उनके क्षेत्र में शिवराज की घोषणाएं अधूरी हैं उन्होंने युवाओं से कहा आप सब सचेत रहिए जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए आप बहकावे में ना आए उन्होंने सीएम शिवराज से निवेदन किया कि आपने जो घोषणाएँ की हैं जो भर्ती निकाली है उनको एक वर्ष में पूरा करें वरना ये माना जाएगा कि आपने पहले की तरह इस वर्ष भी युवाओं बेरोजगारों को झुनझुना पकड़ा दिया। साथी सचेत और जैसे ही आपके इस आंदोलन की जानकारी आप ही के एक सदस्य राधे जाट जी ने हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को दी उसके तुरंत बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह जी को पत्र लिखा इक्यावन हजार शिक्षक भर्तियों के लिए मेरा आप सबसे कहना है कि शिवराज जी की कई घोषणाएं अभी अधूरी पड़ी हैं जैसे कि पिछले उपचुनाव में पृथ्वीपुर विधानसभा में भी उन्होंने कई घोषणाएं की थी और वो भी अभी अधूरी पड़ी हुई है तो इसलिए आप सब सचेत रहें और जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए इनके बहकावे में ना आए मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है साथवी मुख्यमंत्री जी से भी विनम्र अनुरोध है कि अगले एक साल में जो आपने अभी घोषणाएं की हैं और जो भी भर्तियों के वैकेंसी निकली है उसकी ज्वाइनिंग एक वर्ष में पूर्ण करें वरना हम ये मानेंगे कि जैसे आप हर बार युवाओं को झुंझुना पकड़ाते हैं और पिछले 18 वर्ष से पकड़ा रहे हैं एक बार फिर आप हमारे युवाओं को झुंझुना पकड़ाएंगे और युवा साथियों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी सचेत रहे अपने आंदोलन को जारी रखें